प्रिय दर्शकों देव का धनु राशि में वक्री गति से प्रवेश वैदिक ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म का सेवा का नौकरी का जजमेंट का कंस्ट्रक्शन का और लोहे से रिलेटेड जो लोग वर्क करते हैं इन सब पर जो है अधिपत्य प्राप्त है लोकतांत्रिक संस्थाओं का कारक माना जाता है तमाम पॉलिटिशियन शनि से जरूर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित रहते हैं इसलिए ये जो शनि देव हैं ये मनुष्य के कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं देखिए देव जो है सूर्य से दूरी है मतलब बहुत अधिक दूरी पर हैं शनि देव तो इनकी चाल बहुत धीमी होती है और इसीलिए इसे शनै शनय कहा गया है तो इसके जो परिणाम भी होते हैं ना वो ठोस होते हैं स्थिर होते हैं भले वो देर से मिले तो एक चीज़ और बता दें ज्योतिष शास्त्र में शनि को सूर्य पुत्र जो है कहा गया है शनिश्चर कहा गया है छाया पुत्र कहा गया है मंद आदि नामों से भी इनको देखिए पुकारा जाता है मकर और कुंभ राशि पर इनका जो है स्वामित्व होता है सूर्य चंद्रमा और मंगल को शनि का परम शत्व माना जाता है जबकि बुद्ध और शुक्र को मित्र वह आप बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के साथ संभाव रखते हैं ना बहुत खराब ही करते हैं ना बहुत अच्छा ही करते हैं वर्तमान में जो शनि देव हैं ये बृहस्पति की राशि धनु राशि में ए, क्या कहते हैं वक्री हो रहे हैं देखिए दर्शकों एक जो है श्लोक आता है कि शनिदेव जब भी जुपीटर के घर में बैठते हैं तो वहाँ पर स्थान वृद्धि करते हैं जीव क्षेत्रे यदा शनि शनि क्षेत्रे यदा जीवा स्थान वृद्धि करो शनि स्थान हानि करो जीवा ये श्लोक है तो इस समय ये जीव के घर में चल रहे हैं अर्थात गुरु के घर में चल रहे हैं और वक्री हो गए अच्छा तमाम जो ज्योतिष के जिज्ञासु लोग हैं इनको वक्री का शायद पूरा मतलब नहीं पता है जो हमारा मानना है जो हमने अभी तक सीखा है अपने गुरुओं से तो वक्री का सीधा सा मतलब ये नहीं होता है कि ग्रह उल्टा चलना शुरू कर देंगे आप लोग सीधा गिनते गिनते कुछ लोग उल्टा गिनने लगते हैं ऐसा नहीं है वक्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप सीधे चल रहे हैं एक रास्ते में आप एक ट्रैक पर जा रहे हों तो आप अपनी नज़रें ऐसे दायर कर करके देख लें तो ये चीज़ें होती हैं अगल बगल की चीज़ों को भी आप देख सकते हैं तो वक्री का ये मतलब होता है तो कुल मिलाकर के जो शनि देव के जो है सम ग्रह रखने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति इनके आधिपत्य में आने वाली जो दो राशियां हैं धनु और मीन इनके लिए तो शनि का मिला जुला असर रहेगा लेकिन मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके लिए हम जो है ये आज राष्ट्रीयफल बनाने जा रहे हैं और आप सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आलस्य का त्याग जरूर कर दीजिएगा और नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दीजिएगा अन्यथा शनि आपके ऊपर फिर हावी हो जाएंगे आपको कोई नहीं बचा सकता है और स्वयं यदि किसी न किसी कार्य में आप अपने आप को लिप्त रखते हैं तो बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट शनिदेव दे करके जाएंगे यदि किसी के व्यक्ति की कुंडली में देखिए शनि अशुभ है तो उस व्यक्ति का अपने पिता से बार बार विवाद जरूर होता है और अगर वो नवम या दशम स्थान में आ गए हैं नीच के हो गए हैं या किसी पापी ग्रह से पीड़ित हैं तो पिता से तो जो है मतलब हंड्रेड विवाद कराते ही हैं और अलगाबिलगी भी करा देते हैं घर से जिन राशियों में शनि की ढैया अथवा साढ़े अथवा महादशा चल रही है वो इस शनि की वक्र गति से सर्वाधिक प्रभावित होंगे ये भी हम बताना चाहेंगे और जो हमारा ये राशिफल रहेगा ये सिर्फ शनि को मानक मान करके बनाया गया है आपकी कुंडली में और जो है ग्रह क्या कहते हैं इसको भी देखना विचारणीय होगा तो 30 अप्रैल 2019 को सायं पाँच बजकर बत्तीस मिनट पर शनिदेव धनुराशि में ही देखिए मार्गी से वक्री हो जाएंगे यह स्थिति 18 सितंबर दोपहर तक की रहेगी और उसके बाद दो बजकर पच्चीस मिनट पर पुनः ये राशि में मार्गी हो जाएंगे तो हमारे मेस से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आप लोगों को चलते हैं बताते हैं लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 18 मई से ले करके तेईस मई तक की गुजरात में हमारा जो है आगमन है तो इच्छुक दर्शक गुजरात आ सकते हैं है। मई में उधर चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ का है जून में जो है जून में चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो यहाँ का हमारा प्रोग्राम लगा जो भी दर्शक जो है यहाँ से हैं वो लोग जो है अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मेष राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह पूछा तो देखिए जो मेष राशि वाले जातक हैं शनिदेव आपके लिए दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं और ये भाव देखिए क्रमशः आपके व्यवसाय का होता है आमदनी का होता है वृद्धि का होता है कर्म का होता है तो इसी सबसे संबंधित है शनि के मेष राशि से यदि नवम भाव में हम देखें तो ये जीव के घर में अर्थात आपके भाग्य के घर में जो है ये समय वक्री हो रहे हैं तो ये जो समय रहने वाला है ये थोड़ा सा कठिन रहने वाला है आप लोगों के लिए तो मेष राशि के जातकों शनि देव जो हैं आपके दशम और एकादश भाव अर्थात जो दशम भाव होता है ये आपके नौकरी का होता है ये आपके कर्म का होता है ये आपके अधिकार का होता है ये आपके प्रभुता का होता है और जो एकादश स्थान होता है ये भाव आपके होता है इनकम का आमदनी का होता है तो शनि देव जो रहेंगे ये आपके मेष राशि से नवम भाव में देखिए जो है स्थित रहने से और वक्री हो गए हैं चूँकि तो ये स्थिति थोड़ी सी कठिन होगी क्योंकि इसको भाग्य का भी भाव कहा जाता है तो इस समय कड़ी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा प्रयास करते रहिएगा शनि की क्रूर दृष्टि के चलते क्रूर दृष्टि के चलते आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी यहाँ पर धीमी रहेगी और नित्य नई नई उलझनों का आपको सामना करना पड़ेगा इस दौरान आप अपने सभी विरोधियों पर एक बात और बता दें भारी पड़ते हुए नजर आएंगे और उन्हें आपके आगे हार माननी पड़ेगी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जो जातक हैं काली गाय को घी से चुपड़ी रोटी यदि आप खिलाते हैं तो सर्वथा उत्तम रहेगा और दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का आप लोग पाठ करिए वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का जो ये वक्री होना है तो वृषभ राशि के जातकों शनिदेव आपके नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और ये भाव क्रमशः आप लोग भी जानते होंगे कि भाव जो है भाग्य का भाव है और आपके जो है नौकरी का जो है भाव है व्यवसाय का भी भाव है प्रसिद्धि का भी भाव है तो गोचर कुंडली के अनुसार चूँकि शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन कुछ डामाडोल रहेगा ऊपर से शनि की ढैया भी चल रही है तो परिजनों के साथ संबंधों में कुछ उठापटक रहेगी किसी गंभीर रोग के चलते आपका स्वास्थ्य जो रहेगा ये खराब रहेगा और आपको बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे सेहत का खास ख्याल रखिएगा प्रेम संबंधी मामलों में भी आपको असफलता मिलेगी कार्य व्यापार के मामले में कड़ी मेहनत करनी होगी अन्यथा कोई बहुत बड़ी आप खानी भी उठा सकते हैं शनि की अनुकूलता के लिए आपको करना क्या रहेगा काले कपड़ों का दान और चमड़े के जूतों का दान करना सर्वथा शुभ रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो मिथुन राशि के जातकों शनि देव का जो ये वक्री होना है आपकी राशि में देखिए शनि देव जो है अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं ये भाव क्रमशा आपकी आयु को बड़े परिवर्तन जो अचानक से आते हैं और जो नवम भाव होता है ये भाग्य का भाव होता है और प्रसिद्धि का भाव होता है तो इससे संबंधित होता है इस वर्ष की जो गोचर कुंडली के अनुसार शनिदेव जो रहेंगे मिथुन राशि से देखिए सप्तम आ जाएंगे सप्तम भाव में इनका संचरण रहेगा जिसके चलते आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे मान सम्मान आपका बढ़ेगा नित्य नए शुभ समाचार मिलेंगे परंतु पारिवारिक तथा वै भै, वैवाहिक भै, जीवन में कई बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है परिजनों के साथ बात जो है विवाद हो सकती अथा बोलचाल रखते वक्त हेल्थी बाधा का आप लोग प्रयोग करें स्वस्थ शब्दों का आप लोग चयन करें जल्दी ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या रहेगा देखिए मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल आप जो है पहन सकते हैं दूसरा आप लोग दशरथ के शनि स्रोत का जरूर पाठ करिए और शनि देव के दर्शन जरूर करिए चलते हैं अगली राशि हमारी आती है कर्क राशि के लिए कर्क राशि के जात को कैसा रहेगा आपके लिए जो है शनि देव के लिए वक्री होना तो कर्क राशि के जातकों के लिए देखिए सबसे पहले जो शनि देव है ये सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं सप्तम भाव आपके विवाह का होता है आपके पार्टनरशिप का होता है आपके जीवन साथी का होता है आपके साझेदारी का होता है जबकि जो अष्टम भाव होता है ये जो है आपके आयु का भी होता है और दीर्घायु का भी होता है दूसरा कोई बड़ा परिवर्तन मेजर परिवर्तन होता है ये भी अष्टम से देखा जाता है इसका प्रतिनिधित्व ये भाव करता है तो शनि की वक्र गति आपके लिए मिली रहेगी धैर्य रखते हुए सोच समझ निर्णय लेंगे तो हर प्रकार से देखिए शनिदेव शुभ आपके आपके संतान के के खराब स्वास्थ्य चलते थोड़ा सा परेशान रहेंगे। पारिवारिक पारिवारिक विवाद भी आपके समझ आता हुआ दिखेगा। मोर्चे पर बहुत सावधानी से निर्णय लेने की यहाँ पर जरूरत है जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद होगा अनैतिक कार्यों से दूर रहिएगा अन्यथा शनिदेव फिर आपको यदि लपेट देंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा और आपके लिए सौभाग्य ला सकता है Uh, क्या कहते हैं यदि आप अनैतिककार से दूर रहेंगे शनि का शुभ असर प्राप्त करने के लिए पक्षियों को सप्त धान्य आप लोग जरूर डालिए और यदि हो सके तो आप लोग कुत्ते को कुछ ना कुछ अपने uh, खाने के अंश में से देना है ये नहीं कि आपको चार रोटी की भूख है तो आपने जो है चार रोटी खा ली उसके बाद जो है एक अलग रोटी यदि आपको चार रोटी की भूख है तो आप अपना पेट काटिए आप एक रोटी ले जाइए कुत्ते को खिलाइए तो ये करना रहेगा आपको तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए था बढ़ते हैं हमारी जो अगली राशि आती है सिंह राशि चूँकि सिंह राशि जो है शनि जो है सूर्य देव जो है ये पिता है और शनि पुत्र हैं तो सर्वथा जो अनुचित चीजें होती हैं सिंह राशि पर ज्यादा आती हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जो शनि देव होते हैं ये छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं कुंडली में जो छठा भाव होता है स्ट्रगल का होता है ये आपके शत्रु का होता है ये आपके अज्ञात भय का होता है ये आपके किसी प्रकार के रोग का होता है कोई भी रोग हो सकता है आ, और वहीं सातवा भाव जो होता है विवाह का होता है जीवन साथी का होता है तो सिंह राशि के लिए वक्री शनि अशुभ ही रहेगा हालाँकि इनकम में कुछ आपको बढ़ोतरी मिलेगी मान सम्मान बढ़ेगा परंतु तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा नौकरी में परिवर्तन हो सकता है स्थान परिवर्तित आप लोग कर सकते हैं साथ ही गृहस्थ जीवन का भी सुख आपको मिलेगा लेकिन धन आपको सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा व्यापार नौकरी के मामले में थोड़ा संभल कर रहना होगा पार्टनरशिप में भी आपको विशेष सावधानी यहाँ पर रखने की जो है ज़रूरत है तो शनि का जो अशुभ असर है इसको कम करने के लिए शुभ असर में शुभ असर हो इसकी प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार वाले दिन आप लोग सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए और यदि हो सके तो आप लोग शनिदेव के तांत्रिक मंत्र की एक माला का जाप जरूर किया करिए बढ़ते हमारी जो अगली राशि आती ये आती कन्या राशि कैसा रहेगा जो है शनिदेव आपके लिए लेकिन आप लोग यदि अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग विश्लेषण करवा सकते हैं हमने पूर्व में भी कहा है कि ये जो हमारी जो है क्या कहते हैं जो है ये जो हम राशिफल अभी बता रहे हैं शनिदेव के लिए ये सिर्फ और सिर्फ शनि को मानक मान करके बताए हैं अभी जो कुंडली है उसमें आठ ग्रह और हैं ठीक है जी तो ये केवल शनि को मानक मान करके बताए हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव हैं पंचम और छठे भाव के स्वामी ये, ये भाव जो होते हैं देखिए आपकी शिक्षा का होता है कुंडली में जो पंचम भाव होता है ये आपके एजुकेशन का होता है ये आपके जो है संतान का होता है और जो छठा भाव होता है ये रोग का होता है संघर्ष का होता है गुप्त शत्रुओं से होता है तो कन्या राशि के जातकों के लिए वक्री शनि किसी प्रकार से शुभ नहीं रहेगा बहुत भारी कठिनाइयों का दौर शुरू होने वाला है अभी से आप लोग कमर कस लीजिए काम की अधिकता के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का इस दौरान आपको कोई ना कोई सामना करना पड़ सकता है कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता आपको कम मिले थी। माता की खराब सेहत के चलते आपको परेशान होना पड़ पर सकता है अतः सावधानी से रहिएगा और क्रोध से बचिएगा शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप हर शनिवार को हनुमान जी को आ, हनुमान जी के सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो हर शनिवार को आप लोग चमेली के तेल में सिंदूर पीला सिंदूर आता है इसको आप लोग मिक्स करके हनुमान जी को लेप जरूर करिए पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन जो है आप लोग जल चढ़ाइए और एक दीपक जरूर जलवाइए और कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा तुला राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये गोचर तो शनि देव आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, जो चतुर्थ भाव होता है ये आपकी माता का होता है ये आपके सुख का होता है ये लग्जीरियस लाइफ का होता है ये वाहन का होता है और शिक्षा जो पंचम भाव ने आपको बताया शिक्षा से होता है और पितृत्व तो आपसे पितृत्व आदि से, तो से संबंधित ये भाव होता है तो वक्री जो शनि रहेंगे गोचर कुंडली के अनुसार तुला राशि के चूंकि रहेगी तो तीसरे भाव में होगा अतः उनके लिए शुभ है क्योंकि शनि की, की देखिए जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी ये स्व अपने जो है मतलब घर को ही देखेंगे तो हर प्रकार से आपको सफलता प्राप्त करने वाला ये समय रहेगा जीवन में हर तरफ आपको सफलता ही सफलता मान सम्मान मिलेगी कोई इस दौरान आप नया वाहन क्रय करते हुए नजर आएंगे कोई भूमि का टुकड़ा या कोई मकान भी खरीदने का योग बन रहा है लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते किसी संकट में आप फंस सकते हैं अतः आपको ध्यान रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आर्थिक प्रबंधन का आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा और लोन वगैरह यदि आप इस बीच कोई ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा इस दौरान कोई शुभ समाचार कोई नए मेहमान का आगमन घर में हो सकता है तुला राशि वालों जो तुला राशि के जातक इनको शनि की अनुकूलता बढ़ाने के लिए करना क्या तो शनिवार वाले दिन बंदरों को आप लोगों को केला खिलाना रहेगा दूसरा आप लोग कोशिश कीजिए कि शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए तो ये आप लोग प्रयोग करिए आपके लिए अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं चूँकि शनि की सारे साथी का अंतिम चरण चल रहा है वृश्चिक राशि के जातकों पर तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव रहेंगे तृतीय और चतुर्थ भाव के देखिए स्वामी है और ये जो भाव होता है ये जीवन में किस चीज़ का होता है तो देखिए तीसरा भाव जो होता है ये होता है आपके पराक्रम का ये होता है आपके जो है छोटे भाई बहनों का ये होता है कम्युनिकेशन का संचार का वही जो आपका चतुर्थ भाव होता है ये होता है माता का भवन का भूमि का वाहन का अभी हमने आपको बताया था तो शनि देव का जो गोचर रहेगा जो वक्री शनि रहेंगे हर प्रकार से जो है आपके लिए अब शनि की सारे साथी भी उतर रही है सुख समाचार रहने वाले रहेंगे लेकिन पारिवारिक मोर्चे पर संकटों का सामना करना पड़ेगा स्वास्थ्य का अपने ध्यान देना पड़ेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ बढ़ सकता है वक्री शनि के दौरान आप अपने कड़े परिश्रम के दम पर अच्छा लाभ कमाते हुए नजर आएंगे आपकी इनकम सबसे ज़्यादा बढ़ेगी और आपके जीवन में कई सुगद घटनाएँ घटेंगे इस दौरान पुष्ट रोगियों की यदि आप सेवा करते हैं तो शनिदेव अपने जो अशुभ प्रभाव देते आए हैं इनको कम करेंगे इनको जो है हटाएंगे और अपने शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करिए पीपल के वृक्ष पर यदि संभव हो तो प्रतिदिन जाइए जल चढ़ाइए अन्यथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और आप लोग जो है एक सरसों के तेल का दीपक चौमुखी जरूर चलाइए धनुराशि की ओर बढ़ते हैं तो धनुराशि के जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी और देखिए दूसरा भाव जो होता है ये आपकी होता है भाषा का लैंग्वेज का वाणी का और संचार से संबंधित भी तीसरा भाव होता है हमने आपको बताया तो गोचर कुंडली के अनुसार जो वक्री शनि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं इसका प्रभाव ये होगा कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा काम के बोझ तथा अन्य कारणों के चलते आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा पारिवारिक जीवन में जो है कुछ आपको परिवार के लोगों से सहयोग तो मिलेगा लेकिन आपके ऑफिस में आपके जो विरोधी हैं वो इस दौरान आप पर हावी रहेंगे पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता मिलेगी इस दौरान जीवन में कई मानसिक तथा सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और एक बात और बता दें कि पॉलिटिकल उठापटक कोई बहुत बड़ा होने वाला है तो शनि देव के अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मांसाहार का त्याग करिएगा बुरी लत से दूर रहिएगा किसी प्रकार के एल्कोहल का आप लोग सेवन ना करिएगा और यदि हो सके तो चमड़े से बनी वस्तुओं का आप लोग गरीबों में दान करके चलिए मकर राशि की ओर चलते हैं तो मकर राशि के जो जातकों के लिए शनिदेव हैं द्वितीय भाव लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी हैं ठीक है दस ग्यारह मतलब जो स्टार्टिंग करते हैं ना दस नंबर फिर ग्यारह नंबर तो लग्न होता है जहाँ दस लिखा होता है वो लग्न होता है तो आपके चूँकि लग्न और द्वितीय सेकंड हाउस के स्वामी हैं देखिए लग्न क्या होता है लग्न आप खुद होते हैं हम यहाँ पर बैठे बोल रहे हैं तो ये लग्न हमारा होगा कि हम कैसे हैं कैसे दिखते हैं और जो तो कुंडली का जो सेकेंड हाउस होता है ये होता है आपके जो है वाड़ी का ये होता है फिक्स धन का संचित धन का आप लोग एफडी वगैरह तमाम बैंक में कराते होंगे तो ये सेकंड हाउस से ही देखा जाता है परिवार का होता है भाषा का होता है पड़ोसियों का होता है ससुराल का भी होता है आपकी जो दाहिनी आँख होती है राइट आई होता है उसका होता है तो जो शनिदेव हैं ये आपके लिए एक ऐसा फल देंगे तो यदि आप एक छात्र हैं तो इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं वक्री शनि आपकी दासवीं से बारहवीं घर में होने के कारण आपके लिए कई चुनौतियां तथा समस्याएं लेकर के आ रहे हैं यदि उन चुनौतियों को आप सकारात्मक वे में लेते हैं प्रयास करते हैं तो आपको प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होगा परंतु यदि आप निराश होकर के बैठेंगे तो आपको शनिदेव कुछ भी नहीं देंगे धन हानि के तमाम योग बन रहे हैं हालाँकि आपको इस बार कमाई भी अच्छी होगी तो जब पैसा आएगा तो खर्च भी होगा विदेशों से सुख समाचार की प्राप्ति हो सकती है घर परिवार में किसी से आपका जो है जो विवाद चला आ रहा था उसको दूर करते हुए नजर आएंगे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में भी आपको जो है विजय पताका मिलेगी तो शनिदेव के सुप्रभाव की वृद्धि के लिए करना क्या रहेगा तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि शनिवार वाले दिन जो जटा वाला नारियल है उसको आप लोग जल प्रवाह जरूर करिए कुंभ राशि की ओर चलते हैं तो कुंभ राशि के जात को कर्म का कारक कहा जाने वाला शनिदेव आपके चूँकि लग्न और द्वादश ट्वेल्थ हाउस के जो है अधिपति हैं और जो द्वादश भाव होता है ये आपकी हानि खर्च का होता है सया सुख का होता है धर्म कर्म का होता है मोक्ष का होता है जो ट्वेल्थ हाउस होता है तो कैसा रहेगा गोचर तो शनि देव का जो ये गोचर रहेगा ग्यारहवें भाव में चूंकि स्थित जो वक्त शनि देव हैं आपके लिए जीवन के कई सुनहरे अवसर लेकर के आएंगे जो भी आपने सपने अभी तक देखे होंगे आपके पूरे नहीं हुए होंगे उनको पूरा करने का वक्त अब आ गया है काचुपसाध रहे हो बलवाना आप लोग चुप क्यों हैं? अब आप लोग अपने अंदर जोश लाइए और वो चीज़ें कर डालिए जो आप करना चाहते थे आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे वहीं तरक्की पाएंगे परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है प्रेम संबंधों में सुखद परिवर्तन आप अनुभव करते हुए नजर आएंगे आय आएं में कई गुना बढ़ोतरी होगी तमाम जो पॉलिटिशियन हैं कुंभ राशि के हैं इनको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी हर प्रकार से ये समय आपके लिए शुभ रहेगा शनि की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या होगा तो देखिए शनिवार के दिन धर्म स्थान पर सरसों के तेल का आपको दान करना रहेगा कौं को आपको रोटी में छत पर डालना रहेगा और एक बात बताना और चाहेंगे कि हो सके तो दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग जरूर पाठ करिए चलिए अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का गोचर जो ये चल रहा है धनु राशि में वक्री शनि कैसा प्रभाव देंगे तो शनिदेव आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं ज्योतिष में जो एकादश भाव होता है ये सफलता वृद्धि और इनकम से जोड़ा जाता है वहीं द्वादश भाव हानि और खर्च का होता है आपके सयाह सुख का होता है मोक्ष का होता है तो वक्री शनिदेव के गोचर के अनुसार मीन राशि के चूंकि दसवें भाव से होगा ये कई अशुभ प्रभाव लेकर के आया है आय में कमी आएगी अनावश्यक खर्चों के चलते आपको धन की तंगी का सामना करना पड़ेगा धैर्य के साथ कठिन परिश्रम में जुटे रहिएगा अंत में आपको सफलता मिलेगी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं जीवनसाथी के साथ आपको तनाव हो सकता है व्यवसाय और सरकारी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं शनि के अशुभ असर को कैसे दूर किया जाएगा इस पर भी दृष्टि डालेंगे इस दौरान आपको उच्चाधिकारियों से कोई बात विवाद भी हो सकता है हो सकता है कि आप ये सरकारी नौकरी में हो तो इस दौरान आप सस्पेंड हो जाएं ये भी हो सकता है भगवान ना करें आपको लेकिन ये सब असर लेकर के आया है तो जो शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा इसको आप कैसे शुभ बनाएं तो शनिवार के दिन आपको करना क्या रहेगा काले कुत्ते को रोटी चुपड़ के देनी रहेगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो है सप्तधान है इसको आप लोग पक्षियों को जरूर डालिए तीसरा एक प्रयोग और बताएंगे कि शनि से रिलेटेड चीज़ चाहे वो चिमटा हो चाहे वो पिलास हो तो लोहे से संबंधित चीज़ों का दान आप लोगों को करना रहेगा गरीबों को किसी के साथ अन्याय किसी प्रकार से मत करिएगा क्योंकि शनिदेव न्याय के प्लैनेट है तो ये तो था दर्शकों देखिए हमारा जो शनिदेव का जो है वक्री होना इस पर राशिफल में से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और अभी तक यदि आप नए जुड़े हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और ये जो गोचर है इसको आप लोग अपने WhatsApp ग्रुप में भेज दीजिए कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से पुनः बताइएगा और दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय सनी देव